भाई इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तुम सबको कि तुम कैसे अपने पार्क का ट्रिक बिल्कुल सही कर सकते हो तो भाई ये ट्रिक है कि तुम्हें स्पेस पर कंटिन्यूड कंती, कंटिन्यू डबाना उठा अगर कोई छोटा पार्कोर है ना तो उस पर बिल्कुल अच्छे से काम करेगा अगर कोई बड़ा पार्क है तो आई भाई तुम उस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ भाई अगर बिल्डिंग में ट्राई किए तो गिर गया ना भाई आई भाई ओके ब्राइ बो मैंने मतलब बायपुर